साथियों नमस्कार आपके हृदय में विराजमान भय हंजन उस श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हुए आराधना करते हुए मैं ज्योतिर्विद ज्योतिर्विदीत लखनऊ से आप सभी के समक्ष बुद्ध ग्रह का राशि परिवर्तन जो हो रहा है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दर्शकों नौ ग्रहों में बुद्ध ग्रह को राजकुमार की पदवी प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध देवताओं के संदेशवाहक के ग्रह के रूप में इनको स्थान दिया गया है बुद्ध ग्रह व्यक्ति में बुद्धिमत्ता तर्क बिजनेस माइंड चतुराई ज्ञान व्यक्ति की दिमागी ताकत क्या है उसकी अकल कितनी है समझदारी कितनी है वह गणतीय प्रतिभा वह कौशल का जो है कारक तत्व माना जाता है बुद्ध ग्रह हाजिर जवाबदेही के लिए माना जाता है और इसके अलावा जिन कवियों को आप देखते हैं उनका भी बुद्ध ग्रह बड़ा स्ट्रोंग होता होगा काव्य का भी ये प्रतिनिधित्व करता है देखिये दर्शकों बुद्ध कम्युनिकेशन का ग्रह है बुद्ध व्यापार का ग्रह है बुद्ध आपके वाणिज्यिक जो वा, जो है आप व्यापार करते हैं वाणिज्यिक है बैंकिंग सेक्टर हो गया मोबाइल नेटवर्किंग हो गया कंप्यूटर से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं ये बुद्ध के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं बुद्ध ग्रह एक दोहरी प्रकृति का ग्रह है हाथ कान फेफड़े तंत्रिका तंत्र त्वचा आदि शरीर के अंगों पर बुद्ध का आधिपत्य होता है दर्शकों जो लोग जिन लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े लेखक हैं या बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं बहुत बड़े बड़े शिल्पकार हैं मूर्तिकार हैं कई बहुत बड़े जो टॉप के ज्योति हैं प्लस जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं मीडिया से जुड़े हुए जो लोग होते हैं इसके अलावा जो मैथमटिशियन गणितज्ञ होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट सी होते हैं लॉयर होते हैं प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं जो ब्रोकरेज का काम करते हैं दलाली का काम करते हैं व्यापारियों में जो है इन चीज़ों को प्रमुखता से देखा जाता है और बुद्ध इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त होता है बलवान होता है क्योंकि बुद्ध ग्रह दो राशियों के स्वामी हैं पहली है मिथुन और दूसरी है कन्या ये ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं अर्थात बुद्ध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी राशि में उच्च के होते हैं जी हाँ कन्या राशि इनकी उच्चगत राशि होती है और दर्शकों एक बात बता दें कि मूल त्रिकोण की राशि भी इनकी कन्या ही होती है तथा मीन राशि में ये अपना जो है नीच का प्रभाव दिखाते हैं नीच का माना जाता है सूर्यदेव शुक्र राहु बुद्ध ग्रह के मित्र हैं और चंद्रमा मंगल बुद्ध के शत्रु ग्रह हैं शनि और बृहस्पति से बुद्ध का तटस्थ संबंध है बुद्ध ग्रह शुक्रवार 31 जनवरी 2020 को दो बजकर चौवालीस मिनट रात्रि में यानी कि 30 जनवरी की रात में बारह बजे के बाद अर्धरात्रि रहेगा यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जी हाँ शनि की राशि में प्रवेश करेंगे और 7 अप्रैल 2020 तक इसी राशि में ये स्थित रहेंगे इस दौरान दर्शकों 17 फरवरी 2020 से लेकर के 10 मार्च 2020 तक के मध्य की अवधि में बुद्ध ग्रह वक्री भी हो जाएंगे दर्शकों बुद्ध ग्रह का ये गोचर जो है केवल बुद्ध ग्रह को मानक मान करके देखिए बनाया गया है आपकी अपनी कुंडली में बुद्ध का ये गोचर किस की प्राप्ति आपको कराएगा इसके लिए आप लोग अपनी होरोस्कोप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं क्योंकि करोड़ों लोगों की राशियां रहती हैं किसी की मेष रहती है किसी की, की वृषभ ये कोई पर्टिकुलर आप लोगों की ही राशियां नहीं है करोड़ों लोगों की है आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा तो ये गोचर दर्शकों जो रहेगा ये आपकी चंद्र राशि पर रहेगा जी हाँ आपकी चंद्र राशि पर रहेगा जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके जिस घर में बैठता है वो आपकी राशि होती है तो अपनी चंद्र राशि से यदि आप देखेंगे तो आपको ये राशिफल बड़ा एकोरेट लगेगा वास्तविकता के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण इस के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं तो दर्शकों आठ राशि हो चुकी है अंतिम जो चार राशि आप हमारी आती है ये आती है धनुराशि मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि तो इन चार राशियों के लिए बुद्ध ग्रह का क्या प्रभाव होगा इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे धनुराशि के जातकों देव का यह गोचर क्या कुछ लेकर के आया है तो धनुराशि के जो जातक रहेंगे बुद्ध के प्रभाव से अपने पुरुषार्थ की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पराक्रम की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा पिता राज्य और व्यवसाय एवं स्त्री पक्ष से भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है आपको यश एवं मान सम्मान की प्राप्ति होगी आप अपने विवेक बुद्धि द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है देखिए दर्शकों धर्म क्या है आप लोगों को अब हम आज बता ही दें कि धर्म क्या है धर्म का मतलब होता है धृति क्षमा दमो अस्तम सौचम निंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म ये महाराज मनु ने धर्म के दश लक्षण बताए हुए हैं सीधी सी बात आप समझिए जिस वर्ड में चाहिए ही लग जाए या शुड इंग्लिश में समझिए शुड या बुढ़ लग जाए वही धर्म है और अधर्म क्या है तो शुड और बुढ़ के बाद अगर नॉट लग जाए तो वो अधर्म होता है तो भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है आप किसी बात को लेकर के चिंतित हो सकते हैं इसे किसी के साथ साझा करना चाहेंगे जिसके लिए आप अपने जीवन साथी या आप अपने दोस्तों को चुन सकते हैं या जिनसे आपका आ, मतलब जो है प्यार करते हैं प्रेम के बंधन में है उन, उनको भी आप अपनी दिल की बातें बता सकते हैं वित्तीय नुकसान का संकेत बुद्ध का ये गोचर करा रहा है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा निवेश करने से आपको नए निवेश करने से बचना रहेगा निकट भविष्य में नए दोस्त आपकी मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं धनुराशि के जात को देव के इस गोचर के कारण आपकी जो रकम है ये कहीं पर डूब सकती है तो प्लीज आप लोग अपने पैसे को बचाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिये श्री सूक्त और कनक धरा स्त्रोत का आप लोग डेली पाठ ये साथ ही साथ बुधवार वाले दिन गणेश भगवान को आपको चढ़ाना रहेगा मकर राशि के के के देव का ये गोचर क्या कुछ आया है तो बुद्ध के प्रभाव से धन की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है कुटुंब द्वारा सुख एवं सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपको धर्म में भी रुचि बनी रहेगी आयु की वृद्धि होती हुई मकर राशि के जातकों को दिखाई दे रही है साथ ही नौक, साथ नौकरी में रोजगार की प्राप्ति होगी और आपको प्रमोशन इत्यादि भी मिल सकता है भाग्य उन्नति में जो कठिनाइयां आ रही थी ये अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है बुद्ध के इस गोचर में आप किसी प्राकृतिक जगहों पर जा सकते हैं घूमने उनका आप लोग आनंद ले सकते हैं कुछ जातक विदेश में अध्ययन के लिए जा सकते हैं तथा वहाँ पर जो भी वजीफा या जो भी छात्रवृत्ति है वो प्राप्त कर सकते हैं आपको अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसमें आपको सहयोग कौन करेगा तो आपके अपने रिश्तेदार आपको सहयोग करेंगे बुद्ध के इस गोचर के कारण पूरा पूरा आपको सहयोग करेंगे परिवार के लोगों का अभी तक जो भी आपको समर्थन नहीं प्राप्त था उनको प्राप्त होगा किसी विवाह के बंधन में बनते हुए भी आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए जो हमारे कैप्लीकॉन मकर राशि के जातक हैं इनको विष्णु सहस्त्र का नाम बुधवार वाले दिन पढ़ना रहेगा साथ ही साथ जो मूंग होती है मूंग की दाल हर बुधवार को आप लोग डोनेट करिए दान करिए और भीगी हुई मूंग रात में आप लोग मंगलवार की रात में अपने सिराने रख दीजिए अगले दिन उस भीगी हुई मूंग को गाय को आप लोग जरूर खिलाइए बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती, आती कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को बुद्ध ग्रह का ये गोचर जो रहेगा इसके प्रभाव से आपके शारीरिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य में थोड़ी सी कुछ कहीं ना कहीं ये गिरावट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्किन से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है संतान पक्ष की शक्ति आपको मिलेगी मन में कुछ चिंताएं जो बनी हुई हैं ये कुछ दूर होगी आपकी जो कल्पना शक्ति जो विवेक शक्ति है ये बड़ी उत्तम रहेगी मान सम्मान में कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है स्त्री पक्ष के साथ कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है आपके कार्य स्थल पर एकाग्रता में कुछ कमी आती हुई दिखाई पड़ेगी इस समय जो बुद्ध का ये गोचर रहेगा आपको अपने कार्य पर पूरी तरीके से तन्मयता से कार्य करना रहेगा तथा बड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि शत्रु पक्ष आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं भाग्य का भी कुछ खास सहयोग नहीं मिलने वाला है आपकी सफलता आपके कार्य वह परिश्रम पर निर्भर करेगी वित्तीय स्थिति में भी कुछ उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं निजी जीवन में सामंजस्य ठीक ठाक ही बना रहेगा देखिए आपकी राशि में ही चूंकि बुद्धदेव का गोचर हो रहा है तो दर्शकों थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत रहेगी वित्तीय लेन देन से आपको बचना रहेगा या आप किसी को अगर कोई किसी प्रकार का धन दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन करिएगा कैश के रूप में आप लोग ना दें तो बेहतर रहेगा अब आते हैं उपाय पर आपको उपाय क्या करना होगा तो प्रतिदिन आपको श्री सूक्त का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ दर्शकों पूर्णिमा वाले दिन आपको करना क्या रहेगा कि मूंग की दाल और शक्कर का दान देना रहेगा हर बुधवार को आपको गणेश जी को दूरबा चढ़ाना रहेगा और कम से कम 108 सौ ले लीजिएगा थोड़े से हल्दी में गंगा जल डाल करके उसको जो है मिक्सचर बना लीजिएगा और जो दूब रहेगी दूरबा जानते होंगे एक प्रकार की घास होती है इसमें जो है हल्दी लगा करके और आपको भगवान गणेश जी को चढ़ाना है ओम गंगा गणपतः नमः, इस मंत्र से आपको चढ़ाना रहेगा कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है सप्ताह में एक दिन करना है साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले सात इलायची अपने ऊपरी जेब में रख लीजिएगा तब जाइएगा अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि मीन राशि के जातकों को बुद्ध ग्रह का यह प्रभाव कैसा रहेगा तो बुद्ध के प्रभाव से देखिए खर्च अधिक रहेगा बाहरी स्थानों के संबंध से आपको लाभ प्राप्त होगा विदेशों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी स्त्री माता भूमि मकान हेतु घरेलू सुख तथा स्थानीय व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी हानि हो सकती है कोई प्रॉपर्टी में यदि आप पैसा लगाए हैं तो वो आपका फंस सकता है कुछ कष्टों का आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना जो है पड़ सकता है शत्रु पक्ष पर लेकिन यहां पर आपको विजय प्राप्त होगी आप लोग धैर्य तथा हिम्मत आपके अंदर बनी रहेगी आप यदि संपत्ति जो है कोई खरीद रहे हैं तो उसके विवाद में फंस सकते हैं बुद्ध का ये गोचर आपको थोड़ा सा कर्ज में अधिक ढकेलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आर्थिक समस्याएं आपकी बन सकती हैं राहत के रूप में जरूरत पड़ने पर आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा घर के लोग खड़े होंगे जो कि आपको वित्तीय मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बुद्ध जब वक्री हो जाएंगे दर्शकों तो थोड़ा सा आप लोग सावधान रखिएगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा जीवन साथी से आपको कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही साथ ही साथ जिनसे आप प्यार करते हैं तो प्रेम संबंधों में भी ये आपको धोखा या चीटिंग कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है मीन राशि के जात उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को मीन राशि के जात देखिए सबसे पहले बुधवार वाले दिन आपको जो है फिटकरी का मुँह का हरी मूंग जो साबुत होती है ये ले लीजिएगा साथ ही साथ हरे रंग के वस्त्र ले लीजिएगा इसका आप डोनेट करिए बुधवार वाले दिन विकलांग लोगों को जो विकलांग जो है लोग हैं उनको कुछ ना कुछ आपको मीठा खिलाना रहेगा साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको सप्ताह में दो दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को जरूर करना चाहिए तब ये बुद्ध का गोचर जो रहेगा अशुभ फलों में कमी करेगा और शुभ फलों में वृद्धि करेगा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेल आइकन दबाइए इस वीडियो को जम करके शेयर भी कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार